डिमडिम बाजे ढोल मजीरा माता के आंगन में डिमडिम बाजे ढोल मजीरा माता के आंगन में माता के आंगन आज ढोल मजेरा माता अबेला भवानी मैया तबेला बजा बजाव बजनवा भाई भैरों बजावे बजनवा माता के आंगन में डिम बाजे झूलन मलहोरी झुलावे झूलन मैया मैया आंगन में मलहोरी झूलाए झूलन मैया के आंगन भजन सुनावे ठाकुर चौक भजन सुनावे दिनेश बजाव बजनवा दिनेश बजावे बजनवा दिने माता के आंगन में